तो भाइयों और उनकी बहनों क्या हाल है आप सबके हाल अच्छे हो तो ठीक ना अच्छे हो तो ठेके पे जाकर हाल दुरुस्त करा सकते हैं। तो हम अपनी दो कौरे की गाड़ी लेकर तभी देखा कि दो पहलवान गोली पे गोली डाल पहले किया लेटे वाले का किचो फिर तेरी गांड में गोली तो भैया चलो लॉबीवास के दर्शन कराओ हम आपकी पेटी पे थोड़ा नज़र मार ले तो भैया इनके दूसरे वाले साथी कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे तो भैया नीचे जब नज़र डालते हैं तो पूरे बंदे बिखरे हुए हैं तो आराम से पहले एक बंदे को फेल दिया जाए उसके बाद आराम से रस किया जाए तो छोटे भीम का एक लड्डू लिया जाए और इनके पूरे जाकर जाग पे फेंक दिया जाए एक दोबारा सा छोटा भीम का लड्डू लिया जाए और अब इससे एक बंदा नॉक हो जाएगा पता नहीं कोने में ये क्या कर रहे थे हमको क्या हमको तो गोली दागने से मतलब अरे भैया आराम से मारो हमारे पिछवाड़े की हड्डी का भूसा बना दोगे क्या लो भाई इनको तो हमारे साथी ने ही बजा दिया तो भाई त्रिकोण फिनिश हो गई है देखने मज़ा आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ना आया हो तब भी कीजिए